तो जैसे अपने आप को हम लोग रियलाइज करते हैं महसूस करते हैं ऐसे ही अपने स्वामी अपने अंशी अपने प्रभु और अपने टीचर हरि गुरु दोनों को रियलाइज करने का अभ्यास करना चाहिए इससे मन शुद्ध हो होगा जब बार बार आप सोचेंगे एक एक घंटे में सोचिए पहले एक घंटे में एक बार एक सेकंड को हां अंदर बैठे हैं आपका टाइम नहीं खराब होगा जैसे आप सांस लेते रहते हैं ऊपर को नीचे को पलक भाजते हैं और आपको मालूम नहीं पड़ता हा जी वो तो होता रहता है होता नहीं रहता करना पड़ता है ऐसे कैसे होता रहेगा सांस आती है खींचना पड़ता है छोड़ना पड़ता है ये क्रिया है ये कर्म है करना पड़ता है लेकिन इतना अधिक अभ्यास हो गया है कि आपको मालूम नहीं पड़ता ऐसे ही अगर आप अभ्यास कर लें तो हर समय आपकी फीलिंग में आने लगे वो हमारे हृदय में बैठे हैं बस काम बन गया 99% भगवत प्राप्ति कर लिया आपने केवल यही एक अभ्यास कर लें हर समय वो मेरे अंदर बैठे हैं वो नोट कर लेंगे फिर कृपा नहीं करेंगे अगर हम गड़बड़ करेंगे तो सारी गड़बड़ी खत्म अरे जब संसार के डर से हम अपराध नहीं करते तो उनका डर रहे तो अपराध कैसे करें इसका अभ्यास करना